WhatsApp WhatsApp तो जैसा की आप देख रहे हैं मैं पहले से लगा कर रखा हूँ तो देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले आप सेटिंग से के ऑप्शन पे जाइएगा सबसे पहले सेटिंग के बाद फर्स्ट में अकाउंट अकाउंट सेटिंग इसके बाद प्राइवेसी प्राइवेसी में देखिए सबसे नीचे स्क्रोलाइएगा तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन दिखता है यहाँ पे ओके okay करने के बाद आप यहाँ से चूज कर सकते हैं इमिडिएटली या आफ्टर एक यही वन मिनट या आफ्टर थर्टी मिनट इसके बाद आप जो चूज करके अपना सेव कर सकते हैं तो जैसे इमिडिएटली में क्या होता है कि जैसे जब हम व्हाट्सएप को ऑन करेंगे ना जैसे देखिए यहाँ पर आ जा रहा है खोलेंगे बैक करेंगे इसके बाद भी देखिए खोलने के बाद फिर आ जाएगा तो ऐसे मतलब आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं तीन ऑप्शन दिया हुआ है व्हाट्सएप करना नया फ्यूचर जो आप अब तक पहले अब नहीं जानते थे अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें थैंक यू